फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्डा की भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम ने उन्हें नसीहत दी है मिश्रा ने कहा कि अभिनेत्री सेना का सम्मान करना सीखें, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर समझें। ये सेना है सिनेमा नहीं है भारतीय सेना पर बयान देना अब फिल्म अभिनेत्री रिचा चड्डा को काफी महंगा पड़ रहा है उनका यह विवादित बयान अब तूल पकड़ रहा है जिसके कारण अब उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर लोग उनसे नाराज है जिसके चलते कई जगह लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है मध्य प्रदेश में भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी ऋचा को नसीहत देते हुए कहा कि सेना का सम्मान करना सीखे रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझे यह सेना है सिनेमा नहीं रिचा चड्डा जी ये सेना है सिनेमा नहीं रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है कभी माइनस पैतालीस टेम्परेचर में 40 टेंपरेचर में 30 टेंपरेचर में रहके तो देखो तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रहके तो देखो तब समझ में आएगा इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन मेरे पास शिकायत आई है मैंने पुलिस को कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है आपको बतातेड्डा एक विवादित ट्वीट करने के बाद बुरी तरह फंस गई है चड्डा ने भारतीय सेना के बलिदान का मजाक बनाया था चड्डा ने अपने ट्वीट में सेना की उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का जिक्र करते हुए उसे चीन की सीमा से सटे गलवान में सामने आ चुके एक पुराने घटनाक्रम से जोड़ा था चड्डा का यह पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है लेकिन पब्लिसिटी के लिए सेना का मजाक बनाना चड्डा को भारी न पड़ जाए बॉलीवुड में पहले एकता कपूर ने सेना के परिवार पर विवादित फिल्म बनाई थी और अभिनेत्री चड्डा सेना पर बयान देकर ऊंची पब्लिसिटी लेना चाह रही हैं। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं